दोस्तों हमारे आ जा चुके थे गांधी चौक के पास और हम जा रहे हैं आज की जाने वाले हैं तो यहाँ पर हमारे और फिर आजी का है वो आप भी कर रहे हैं तो वीडियो भी नहीं बोले रही एक बार ये आपको गुड़िया बड़ा वाला मैं यहाँ पर भी घूमने जा रहा था और सामने हमारे दोस्त भी हमारे दो साथ हैं तो वहाँ की भी रहे आप देख रहे होंगे तो आगे जैसे जा रहे होते हैं तो एक बार हमारे वहाँ पूर्वी रिटापन घूमना होता है दोस्तों हम जैसे ही आगे निकले तो हमारे पास एक पार्क आ चुका था अभी ये पार्क का निकल आप लोगों आपको सहयोग देते कि कितना बड़ा सुंदर जगह है पार्क और उसके पास से हम गुजर रहे थे और आगे अंदर जाने की कोशिश वही है वो बंद रहा था इसलिए हम आगे तो नहीं जा सके लेकिन आपको बाहर से भी ये गुज़ारा पूरा प्रोग्राम दिखा रहेगा वीडियो एंड आप देखते रहिए मिली हूं उनसे राइट साइड पे सुनो पार्क की हां वो मैं बोलूं लेफ्ट साइड ये पूरा पार्क है देखो होने ना आगे हमारी इधर आऊंगा हां तो थोड़ा देर ले यार तीन बार देना है इधर आऊंगा देखिए जाता दोस्तों यहाँ पर नज़ारा देख रहे हैं वो हनुमान जी का मंदिर है जो कि हमें यहाँ पर अभी आए हुए थे ये आप नज़ारा देख रहे हैं वो भी पार्क का एक गार्डन का नज़ारा है जो कि हम यहाँ पर वीडियो ले रहे शूट कर रहे थे बंदर से कितना ब्यूटीफुल आ रहा है और अंदर पर हमें जाने नहीं दे रहे थे लेकिन यहाँ पर वीडियो मैंने ज़ूम करके भी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ था बहुत ही बढ़िया माहौल है और आगे जैसे ही म रहे थे तो यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक का और घोड़े भी हमारे को देखने आता और यहाँ पर घोड़े पर कोई लगपथ काफ़ी लोग आते रहते जाते रहते और यहाँ पर गहलिश है शायद लथपथ के लिए और जैसे ही माध्यम चल रहे थे और सुनील भाई हमारे साथ चल रहे, रहे हैं तो राज्य में जा रहे हैं सफ़र बस स्टैंड पर हम जा रहे हैं तो यहाँ पर हम जा रहे हैं सफ़र बस स्टैंड और राज्य हम आपको दिखाएँगे जैसे हम यहाँ पर जा रहे हैं और हमारे साथ ही यहाँ पर जा रहे हैं आगे की ओर तो राजे की ओर जाते हुए हमारे पूरा ट्रैफिक देखने को मिलता है और पार्किंग गाड़ी चल रही है सही पर जो आपको ये आपको बता रहा हूँ ये राजा महाराजी पार्क है क्योंकि मारक यहाँ पर तो मान लो कि उसने रोक दिया था यहाँ पर गाने नहीं दिया पुलिस कॉन्स्टेबल ने यहाँ पर हमें रोक दिया था जो यहाँ पर जब सिक्योरिटी बैठी हुई जाने की कोशिश की लेकिन हमें जाने नहीं दिया इसके अंदर तो फिर हमने सोचा कि आस पास से वीडियो बना लेते हैं तो यहाँ पर हमने वीडियो बनाने की काफ़ी कोशिश की थी हम लेकिन हमारे वीडियो बनाने कुछ की आगे भी नहीं इस दिया तो था अंदर आने नहीं गया तो हमने सोचा कि आगे जा रहे थे और आगे का नजर आने दिखाई आपको कि आग कैसे मिलाया हमें अभी हमें बस स्टैंड के अंदर और आगे और वहाँ पर एक फिल्म बनाने का भी थिएटर है वो इसी के पास हम जाएंगे जो कि मान लो कि मुझे पता नहीं कौन कौन से हीरे आते हैं वहाँ लगी ये आपको दिखना दिखना होगा नहीं फिल्म में शूटिंग का यह सज रहा है मान लो कि यहाँ पर कोई हीरा रहता है बड़ा मान लो नाम भी लिखा वर्ड लोग ऐसा कोई नाम लिखा हुआ है नाम में खड़ा नहीं है और यहाँ पर अभी मूर्ति भी आपको देख रही होगी थी साइड में आपने देखी होगी थी तो यहाँ तो पर बता देता हूँ कि आपको मूर्ति के सत्य बाबी बन चुकी है और यहाँ पर ये जो खड़ा है वो मिल जाए पर हमें यहाँ पर छुट्टी होती है और इसके बाद एक और फिल्म था उसी के अंदर और जैसे मैं आपको अंदर यहाँ पर भी बता देता हूँ कि नाम है तो यहाँ पर हमने एक बार आपको नज़ारा पूरा का पूरा दिखा देता हूँ यहाँ होटल है बड़ी वाली और इसके पास से वो किलम का वो रूम है और फिर आगे और मैं दिखा देता हूँ एक बाइवे को मान लो कि कोई भी चीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी आसान मिल सकती है यहाँ पर मैंने हर कोई सिस्टम चीज़ है वो मिल सकती है इसी के तो और आपको आगे चीजें ले जाते हैं और यहाँ दिखाते हैं बहुत हमारे और आप भी एक बार इस यहाँ इस जगह पर जरूर जाइए तो यहाँ पर पूरा वो थोड़ी बता है कि दिक्कत होगी के लिए बस पार्ट में देखा जाए लोग मंदिर है और हम जैसे यहाँ पर अभी बस स्टैंड आ गया जो हम जहाँ पर गुजरना चाहते हैं यहाँ पर बस स्टैंड का एक बस वगैरह दिखा देता हूँ और आप जैसे वीडियो स्टैंड में बना रही है वीडियो में यहाँ पर खत्म कर देता हूँ आगे की और नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर बना रही है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो कोई अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना हम दोनों दोस्त दोस्तें हम लोग हमारे साथ से सुनील भाई हम घूमने के लिए गए थे यहाँ पर इसी सिटी के अंदर और ये रहे सुनील भाई आप तो आपको वॉइस आइडें देंगे आपको जो पसंद आता है वीडियो तो लाइक कर देना अच्छा लगे तो लाइक कर देना शेयर भी कर देना साथ ही शेयर भी कर देना साथ ही साथ शेयर भी कर देना ठीक है ना ठीक है तो आप अगले वीडियो के तरी बन तो जब तक के लिए बाय बाय बाय बाय अभी जैसा कि दोस्तों आपने अभी वीडियो देखा है ना मेरा आप अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना ठीक है ना वीडियो को मैं यहीं खत्म कर देता हूं और अगले वीडियो में आपको जल्दी ही आ जाएगा वो अपलोड हो जाएगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने और शेयर भी कर देना ठीक है सपोर्ट करना आप से बोल दोस्तों एक बार ठीक है दो मैं वीडियो को यहीं रखता हूँ